बेटे। ये व्यू आपको आ रहा है सही आ रहा है मैंने वो कैमरे का एंगल चेंज किया है। वाह! इस्लाम। ओके। बेटे। दस बजे टाइम था ना आज वाले सलाम अच्छे कितने भाई बेटा 30 होंगे तो मैं शुरू कर दूंगा इन वाल बेटा वाला बैठी मिनट छब्बीस पैठक गया काउंटर हमारी कॉम में वक्त की पाबंदी नहीं है वैसे मेरी एक ऑब्जर्वेशन है मैं सब दो क्लासेसटेनियसली पढ़ा रहा हूँ आपकी क्लास जो है वो थोड़ी सी नॉन सीरियस है मैं सबकी बात नहीं कर रहा ऑफ कोर्स, लेकिन एज अ क्लास टेंडेंस और वो सारा एक पता लग जाता है फ्लेवर पता लग जाता है क्लास का वाईम बेटे हाँ बेटा मेन प्रॉब्लम जो है ना चंद महीनों में पता लग जाएगा मेरे तो मेरे ख्याल बहुत कम लेक्चर्स रह गए आपके साथ लेकिन ये जो थोड़ी सी रविश है ना ये ठीक कर लो मुझे ऐसा महसूस होता है खैर मैं वाई उसमें कुछ और भी हैं पॉइंट्स हैं मैं बात समझता हूं कि नेट का इशू होगा ऑनलाइन में मोटिवेशन नहीं होती इतनी ज़्यादा क्योंकि आप ऑनलाइन के जो मामला हैं उनको आप एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में लेते हो लाशरी तौर पर हम सभी एक लिहाज से लेते थे जब तक कोविड नहीं आया था ठीक है न कोविड के बाद ऑनलाइन जो टूल्स हैं यही यूट्यूब हो गया देखो ना यूट्यूब इस वक्त आप एजुकेशनल यूज़ कर रहे हो यूट्यूब का ठीक है वैसे तो आपने मेरे ख़्याल जिंदगी में कभी कोई एजुकेशनल वीडियो देखी हो या ना देखी हो अब मामला ये है कि आपको YouTube पे ही एजुकेशन आ, का ऑप्शन मिल गया हुआ है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं तो फिर वो आ, गड़बड़ यही हो जाती है ना कि बच्चे मेरे ख़्याल कन्फ्यूज हो जाते हैं बिटवीन इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन एजुकेशन में आपको टाइम पे आना पड़ता है वालेकल वरहल वर्का और उसको सीरियसली लेना पड़ता है और क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं तो अगैन वो मेरा ख्याल एक एक, एक अपनी साइकी चेंज करनी पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदुल्लि बस इतनी आती है मुझे अरबी अच्छा आ, वो साइकी चेंज करनी पड़ती है ना घर में बैठे हुए कि ये क्लासरूम है ये वर्चुअल है ठीक है लेकिन ये क्लासरूम रूम है आई एम टीचिंग नहीं है इस वक्त आप मेरी क्लास में तो ये जो मेंटल ज़रूरी है आ, और ये जितनी जल्दी आप लोग कर लें उतना बेहतर है बी है यार माशाल्लाह मच मोर प्रोफेशनल इन देयर एटीट्यूड इन ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे तो फिजिकल क्लासे मैंने आप दोनों की ली हैं और फिजिकल uh, क्लासों में तो माशाल्लाह दोनों क्लासेस बहुत इंथ्यूजियास्टिक हैं बहुत बहुत अच्छी हैं बड़ा मज़ा आया मुझे पढ़ा के लेकिन ऑनलाइन में मुझे लगता है बी एस थोड़ी सी ना जरा वो, वो रही हो रही है डामाडोल हो रही है बीबी इकतीस हैं ठीक है ना मुझे पता अभी क्लास में हल सेवेंटी की क्लास है तो ये सरासर ज़्यादा है और क्या टाइम हो गया सवा दस हो गए ठीक है ना ये अच्छी बात नहीं है बहरल एनी हाउ और मे बी दे फाइंड माय लेक्चर्स वेरी सफिशिएंट तो उनको लाइव आने में वो दे डोंट फील द नीड वट द दट द केस मे बी वी नीड टू स्टार्ट अच्छा जी अब हमने लोकल ब्लड फ्लो की बात आज करनी है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी इम्पोर्टेंस वो वो जो uh, uh, असूल बताए गए थे आपको सर्कुलेशन के उन असूलों में आपको एक बात बताई गई थी कि कार्डिक का आउटपुट नहीं बेटे अरीज आपका आप आप असूल थोड़ी आप तो माशाल्लाह सारे बच्चे रेगुलर हो ये तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एब्सेंट होते हैं या ज़्यादा बॉडर नहीं करते हर क्लास में होते हैं लेकिन इस क्लास में रेशो मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा एनी हब बात हो रही थी कि जब हम बात कर रहे थे कि हार्ट जो चेम्बर्स हैं वो इन सीरीज हैं और जो सर्कुलेशन है वो पैरेलल में अरेंजड है ठीक है और हमने उस वक्त सारी ये बात की थी कि जी पैरेलल में क्यों अरेंज है ऐसे ही होना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आज हम लोकल ब्लड फ़्लो की बात हो रही है कि लोकल ब्लड फ़्लो क्यों इम्पोर्टेंट है और उस वक्त की बात मैंने छेड़ी थी हल्की सी आज हम उसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे लोकल ब्लड फ़्लो इसलिए ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पर एक लिस्ट है आपको दी जाती है जी पाँच ऑर्गनज पाँच ऑर्गन ज्यादा अपने अपने टिश्यूज़ पर मुश्तमिल तो हैं ऑर्गन कहते हैं टिशू के मजमू को तो अब ये पांच पाँच ऑर्गन से ऑर्गन नंबर तीन को स्केलेटल मसल है वो और उसको ब्लड की ज्यादा जरूरत है बाकी नंबर वन और नंबर टू और नंबर फोर और फाइव को आ, बस जो रेस्टिंग आ, उसका ब्लड फ्लो है वो काफ़ी है लेकिन नंबर थ्री को जरूरत है ज़्यादा अब आप क्या करेंगे आप, आप कहेंगे जी मसले कोई नहीं ये क्योंकि पैरल में अरेंज हैं तो हम टूटी खोल देंगे थोड़ी सी जो ऑर्गन नंबर थ्री है उसकी तो उसकी जब टूटी आप खोलेंगे तो उसको ब्लड ज्यादा जाएगा बाकियों को अपने कांस्टेंट उस पर लेवल पे ही मिलता रहेगा ठीक है बेटा सारी बात यकीन करें ये कूजे में बंद हो गई है यही बात है लोकल ब्लड फ्लो की बट दैट्स इट हमने सिर्फ इस बात को समझना है कि ये प्रेफरेंशल जो इंक्रीज है Uh, blood, हाँ वे डायलेशन भी उसका एक है पहलू है लेकिन हमने इसको कम्प्रेहेंसिवली देखना है और भी तरीके हैं हम इस जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को स्टेक करता हूँ तो ये जो थर्ड नंबर ऑर्गन है थर्ड नंबर पे जो लगा हुआ है इसकी जिसकी नीड बढ़ी है हम उसको प्रेफरेंशली उसको सिर्फ हम ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये हमने समझना है आज और बस दैट सेल और इतना ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर नहीं है आप वीडियो देख चुके हैं और मैं आपको चीता चीधा पॉइंट्स करके आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ क्योंकि ये लेक्चर मैंने रिसेंटली uh, बीएसएन को भी दिया है तो आई आई आई वॉज टोल्ड दैट दे हैड सम कन्फ्यूजन्स अबाउट स्पेसिफिक वन टू पॉइंट्स लेट्स सी आपकी कन्फ्यूजन्स कहाँ पे होती हैं ठीक है इट विल बी एन इंटरेस्टिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि एक मुजना आ जाता वेलकम बैक uh, उनकी क्वैरीज थी और उनकी क्वारीज काफ़ी इंटरेस्टिंग थी ठीक है ना सो लेट्स सी कि आज आप क्या करते हैं अब जानबूझ के अक्ल लगा के पसूड़ियाँ ना निकालना जो जेनवन हो उस पे रहना ठीक है अच्छा जी तो बात हो गई लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल की कि क्या इसकी ज़रूरत है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है आ, बेटे अवैस अगर नेट का भी ईशू है ना तो कोई बात नहीं आ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर नेट का इशू नहीं है तो फिर ये अन प्रोफेशनल एटीट्यूड है अगर नेट का इशू है यानी आप ये कहना चाह रहे हो 81 में से 33 बच्चे जो इस वक्त ऑनलाइन हैं रिलेटिवली स्पीकिंग उनको तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है आज आज एज में जब तो हर आदमी के पास नेट है और हर आदमी उसको यूज करता है पैकेज वगैरह लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं हमेशा से मैं बच्चों के फेवर में बात करूंगा और करता रहूँगा इनशाला लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि गैर जारी जो जिम्मेदारी है ना उसका सबूत ना दिया जाए ठीक है होते हुए सब कुछ होते हुए अगर आप इसमें सुस्ती करते हैं तो ये अपना नुकसान करते हैं अच्छा भारत अब मैंने जिस तरह से इसको अरेंज किया है वो ऐसे अरेंज किया है कि यह आपको इन याद हो जाएगा तो मेकेनिज्म जो है वो दो तरह के हाँ ठीक है आई अंडरस्टैंड मुझे आईट तो एक तो हैं लोकल मेकेनिज्म और एक है नर्वस या हार्मोनल मेकेनिजम्स जब हम लोकल कहते हैं तो हम लोकल से बुरा हमारी यह है कि टिश्यू के लेवल पे यानी टिश्यू के लेवल पे ही वो मैनेज हो सकता है ज्यादातर मेकेनिज्म आर लोकल जो आज हम डिस्कस करेंगे हकीकत में ज्यादातर लोकल ही मेकेनिजम्स होते हैं जो इसको डील कर रहे होते हैं और क्या आ जाते हैं नर्वस या हारमोनल वो उनको हम लोकल नहीं कहते बिल्कुल नहीं कहते क्योंकि वो लोकली रिलीज नहीं होते अब सेंट्रल अबर सिस्टम है वो कहाँ पड़ा हुआ है लेकिन वो अपनी नर्व्स के जरिए कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकता है हैं हारमोनस कहाँ पड़े हुए हैं लेकिन वो अपने हॉमोन्स की वजह से वो अपना कर सकते हैं ब्लड में रिलीज़ करेंगे हॉर्मोन को और फिर वो आगे रिलीज़ होगा और वो अपना एक्शन करेगा ठीक है तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हारमोनल कंट्रोल को हमेशा कहते हैं कि ये लोकल नहीं है ये ओवरऑल है और लोकल जो है वह अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं यहाँ तक ठीक है ठीक है बेटे और थोड़ा सा बताएं मुझे किस किस को ठीक लग रहा है ताकि मेरे समझ आया कि और कितने बच्चे हैं कुछ बहुत फैमिलियर बच्चे हैं माशाल्लाह उनको तो मैं पहचानना शुरू हो गया हूँ लेकिन उम्मीद ही रहती है कि यहां पे मुझे कुछ अननोन भी नाम नजर आए आ जाओ माशा और भी बच्चे वेरी गुड वेलकम बेटे शाबाश ओके वेलकम बैक अब हम पीछे पढ़ेंगे लोकल मैकेनिज्म के ठीक है लोकल मेकेनिज्म में जैसे कि आपने स्लाइड पर देखा होगा दो वो हैं दो इसकी ब्रांचेस हैं एक एक्यूट है एक्यूट का मतलब है ऐसे सेकंड्स और मिनट्स में ठीक है और एक लॉन्ग टर्म है लॉन्ग टर्म का मतलब है दिनों के बाद वीक्स और फिर मंथ्स ठीक है ये बात आपने याद रखनी है जर्रली स्पीकिंग आगे एक्चुअली ब्लड प्रेशर के मैकेनिज्म भी आएंगे जनरली स्पीकिंग बेटे एक्यूट मैकेनिजम्स आर फास्ट टू गेट ट्रिगड तेजी के साथ वो स्टार्ट होते हैं वेस्ट ठहर जाओ तेजी के साथ स्टार्ट होते हैं ठीक है लेकिन जल्दी समझने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ हार लेते हैं एक्यूट ज जो कि ज्यादातर लाइफ सेविंग मैकेजम होते हैं वो फटाफट स्टार्ट हो जाते हैं देर नहीं लगाते इसलिए उनको एक्यूट कहा जाता है ठीक है लेकिन उनका जो स्टेमिना होता है ना बेटे वो कम होता ठीक है और अफादियत भी ये होती है कि वो झटका से नारी हुआ अगर उसने कर दिया तो कर दिया नहीं किया लगा रहेगा थोड़ी देर कोशिश करने लेकिन उसके बाद वो हार मार के बैठ बुट जाएगा एक्यूट का यह फायदा और नुकसान है जर्नली स्पीकिंग मैंने आपको एक्यूट मैकेनिज्म जहां भी जब आप पढ़ेंगे ना जो रेगुलेटरी हैं क्यूट, उनका उनकी कैरेक्टरिस्टिक यही होगी कि दे आर क्विक टू कम टू द रेस्क्यू दे डू देर बिजनेस दे ट्राई टू द एड्रेसू जो भी प्रॉब्लम हुआ लेकिन वंस दे फेल, बस फिर वो हार इतनी जल्दी ही मान लेते हैं ठीक है लॉन्ग टर्म की क्या खसूसियत है लॉन्ग टर्म की यह खसूसियत है बेटे कि वो मतलब उसका डाउन ये है कि वो लेट स्टार्ट होते हैं ये तो ऑबियसली लॉन्ग लॉन्ग टर्म का मतलब ही लॉन्ग टर्म है कि वो देर से स्टार्ट होते हैं आ, लेकिन उनका ये है कि एक तो वो एक्ूरेट होते हैं अब जैसे मैं आपको किडनी की मिसाल देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कि किडनी जब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में किडनी आती है शुरू में नहीं आती मिडिल में भी नहीं आती एंड में आती है जाकर लेकिन क्या यानी उसको स्टार्ट होने में दिन लग जाते हैं ये तो उसकी हो गई बुराई ठीक है स्लो लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म जरा स्लो होते हैं ठीक है हावेवर वो ब्लड प्रेशर को बिल्कुल डॉट पर लाके छोड़ वेलकम बैक लॉन्ग टर्म आर जनरली कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्यूरेट ओके लेट स्टार्ट लेकिन एक्यूरेट और लगे रहेंगे और आपको देर तक, देर तक आपको में है. जैसे पहले भी कह दिया कि उसका जो डायमीटर है का, उसको डायलेट याद की जरूरत है आप उसको डायलेट करेंगे की ही होती है। कम ब्लड का नॉर्मली टिश्यूज को एक खास ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है और वो उनको मिल रही होती है मसला उस पड़ता है जब उनको ज्यादा ब्लड चाहिए होता है सही है ना ये बात कॉमन सेंस है इशू ज्यादा ब्लड को की तरसील का बनता है बेसिक तो उनको ब्लड मिल ही रहा है टेम्प्ररी तो बेटे लॉन्ग टर्म भी टेम्प्ररी है हर वक्त तो लॉन्ग टर्म भी नहीं रहता रिमेंबर दीज आर रेगुलेटरी मेकेजम्स दे कम इन टू प्ले ये उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब कोई गड़बड़ होती है या जब कोई जरूरत पड़ती है ठीक है एक्यूट खत्म हो जाता है लॉन्ग टर्म भी ख़त्म हो जाता है लेकिन मामले को तय करके ख़त्म होता है ये आप समझ लें आपका खुदा हादसा आपके भाई के साथ झगड़ा हो गया अबू जी आ गए चलो अभी बीच बचाव कराया बैठे एक हाथ को लगा दी जो गलत कर रहा है दूसरे को शाबाशी दे दी ये तो एक्यूट मैकेनिज्म हो गए ठीक है लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि उनका टाइम ज़्यादा लग जाए आपकी सालसी कराने में क्यों क्योंकि वो झगड़ा जो है वो गंभीर किस्म की नेचर का है उसमें उनको सुनना पड़ेगा बैठ के समझना पड़ेगा शायद एक आध भी लाना पड़े वगैरह ये अब लॉन्ग टर्म हो गया लेकिन जब ये मसला हल हो जाएगा तो फिर अबू जी उठ के चले जाएंगे ठीक है ना तो वही बात है कि जब तक एबनॉर्मल सिचुएशन एक्जिस्ट करेगी तो ये मेकेनिज्म लगे रहेंगे उसके बाद ये टर्न ऑफ हो जाएंगे राइट ओके और ये भैया एज से कोई ताल्लुक नहीं है इसका ए मतलब सॉरी ऐज से हर चीज़ का ताल्लुक है एज के साथ हर चीज़ डाउन होती है लेकिन बहरहाल ये लगे रहते हैं जी मेरा बेटा अहमर यस एक्सरसाइज में वेसल्स टू दसल्स वे दसल्स ऐसा ही है जी बेटे सिंपथेटिक्स लेकिन वही बात है ना अब तुम कन्फ्यूज करोगे बच्चों को आ, सीक्वेंस में चलें हेलो वालेकुम आ गए वापस ब्लड प्रेशर बेटा या सर, मुझे नहीं समझा आपके सवाल अच्छा मैं जैसे सॉरी पहले एक और बच्चा बात कर रहा था सिंपथेटिक्स की तो मेनली ये जो चेंजेस हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के ये सिंपथेटिक्स करते हैं लेकिन हमें तो डायलेशन चाहिए ना अगर आप गौर करें हमें ज़्यादा जाद, ब्लड फ्लो के इनक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मैंने अभी समझाया तो डायलेशन अब किस तरह से होती है वो फिर अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि डायलेशन क्या होती है बहरह तो एक्यूट सेकेंड्स टू मिनट्स में होते हैं ट्रिगर हो जाते हैं लगे रहते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और उनका तल्लक वैसल के डायमीटर के साथ होता लॉन्ग टर्म में क्या होता है लॉन्ग टर्म में ये होता है कि स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है यानी अगर मैं वो भाइयों वाली एग्जांपल लूंग अभी हाइपोथेटिकल एग्जांपल है अगर उनका झगड़ा मुके ही ना वो झगड़ते ही रहे फिर क्या तरीका है तरीका ये है कि उनके कमरे अलग कर दिए जाए और फिर भी लड़ते रहे तो एक को फुपो के घर भेज दिया जाए स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाए घर का यस तो लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो की एग्जाम्पल यह है कि भाई अगर एक ऑर्गन है अब उसने ये रवे शीखियार कर ली है कि मुझे ज्यादा ही ब्लड फ्लो चाहिए जी बेटे वेरी गुड रिच यस इट विल ऑल्सो शाहबाश गुड क्वेश्चन वॉल्यूम जब बढ़ाया जाता है किसी वजह से तो किडनीज उसको बिल्कुल डॉट उस नॉर्मल ईसीएफ वॉल्यूम पे लाके दम लेती हैं बाय इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट अच्छा दोबारा से आए इस पे, स्ट्रक्चर पे, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि अगर वही ऑर्गन नंबर थ्री को ले लेते हैं अब ऑर्गन नंबर थ्री ने आदत बना ली है कि जी मुझे ब्लड फ्लो ज़्यादा ही चाहिए उस केस में अब बार बार आप डायलेट करेंगे कंसिट करेंगे फिर फिर डायलेट वो तो हर वक्त डायलेट ही रहेगा और यह मुमकिन नहीं है क्योंकि जब हम एक्यूट पढ़ेंगे ना अभी तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यह मुमकिन नहीं है कि हर वक्त वेसल्स डायलेट करके रखी जाए ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जो उनके लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं वो हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती ठीक है आ, और हर चीज का फिर एक काउंटर चीज बन जाती है तो बेहतर यह है कि आपने हाथी पाला है और बैक, अगर आप यार मुझे एक बार बताना जरा मुझे हमेशा पूछता हूँ भूल जाता हूँ ये जब मैं थोड़ी देर के लिए पॉज होता हूं यहां पे वो मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ और फिर यू आर लाइव अगेन मेरी तरफ आता है यू आर लाइव अगेन ये तो मेरी तरफ है ना आपकी तरफ क्या होता है पिक्चर फ्रीज हो जाती है और फिर फॉरन ऑन हो जाती है जब मैं वेलकम बैक कहता हूं तो आपको आवाज आती है वेलकम बैक की नहीं लोडिंग तो मेरे पास भी आ रहा होता है हाँ ठीक है तो ओके जब जब मेरे पास अच्छा ठीक है ठीक है अब मेरी एक एक बात सुन लो जब मैं वेलकम बैक कहता हूं तो मेरे पास वो ऑन हो गया होता है मामला तो फिर वेलकम बैक की आवाज आ जाती है नहीं नहीं वो इसमें नेटवर्क का नहीं इतना इशू मेरा खाली यूट्यूब की अपनी कोई है मामला इसमें मेरा घर का इंटरनेट काफी अच्छा किसम का है चलो ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू ऑल राइट हम क्या बात कर रहे थे हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो क्या ही बेहतर नहीं होगा कि हम ऑर्गन नंबर थ्री का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, उसको ज्यादा ब्लड वेसल्स बनाते बना के दे दें ठीक है हाँ ठीक है ओके हैं? हम वेसल्स के अगर उसको, दो, अगर उसको एक सप्लाई कर रही थी वही बात है कि अगर आपका खेत बड़ा हो जाए तो आपको नहर का ज्यादा पानी चाहिए होगा ठीक है ना तो बजाय इसके कि आप एक ही नहर पर डिपेंड करें आप ट्यूबवेल लगा लें आप किसी और जगह से अपनी लाइन बना लें ठीक है ना मुझे और नहीं पता आप अपाशी कैसे कैसे होती है लेकिन पॉइंट यू अंडरस्टैंड कि आप मल्टीपल क्रिएट कर लें ताकि इसका एक दफ़ाई ही सदबाव हो जाए ये हैं लॉन्ग टर्म ये हम पढ़ेंगे इंक्रीज ब्लड ठीक है, है? Right. लोकल कर लिया एक्यूट और लॉन्ग टर्म अब हम बात करेंगे नर्वस या हारमोनल नर्वस या हॉर्मोनल में सिम्थेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है जो बेसिकली कैलेबर के साथ काम करता है या आपके हार्ट को भी इंक्रीज़ करता है सो so, जो फ्लो ऑफ ब्लड है फ्रॉम द हार्ट वो भी इंक्रीज हो जाता है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो परफ्यूजन प्रेशर एक चीज़ होती है यानी ऑर्गन को जिस प्रेशर पे ब्लड मिल रहा होता है वो भी इंक्रीज़ किया जा सकता है बाय एक्टिवेटिंग द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम तो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली सिर्फ टूटी के ऊपर नहीं काम करता वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है एंड यू नो दैट ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाता है वेलकम बैक क्योंकि अब हम डीप जा रहे हैं सर्कुलेशन में तो अब चीजें ना इंटीग्रेट होंगी अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस बात पे गौर करें कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो ब्लड फ्लो पे उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं ठीक है अब मुझे यह बात हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए राइट एक्सक्यूज मी ओके उसके बाद हिस्टमिन ब्रेडिकायन प्रोस्टोक्स प्रोस्टोक्स लोकली रिलीज होते हैं ब्रेडिकाइन भी लोकली रिलीज हार्मोन है वो भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं आपको ये हिस्टामिन और ब्राइडिक इसलिए पता होगा अच्छी तरह कि जब जुकाम होता है तो नाक के और आँखों के वो जो सारा हर चीज़ फस फुस जाती है और सिक्रीशन हो रही होती हैं छिंकें आ रही होती हैं वो रेशा बहरा होता है वो इंक्रीज सिक्रीशन जो होती हैं वो वेजो की वजह से होती हैं लोकल जो टिशू है वो ब्राइडिक आयनन की वजह से डायलेट हुए हुए होते हैं और वो धड़ा धड़ फ्लूड रिलीज लीक कर रहे होते हैं जिसलिए आपको वो फ्लू की कैफियत होती है ठीक है तो आप एंटी हिस्टमिन लेते हैं एंटी हिस्टमिन और गोली आप खाते हैं फ्लू के लिए वो क्या करती है वो जाके हिस्टमिन को कहती है परे हो जाओ कंस्ट्रक्ट करके जो सिक्रीशन है उनको कम कर देती है तो लोकल ब्लड फ्लो को ये भी ऑब्वियसली ये भी एक्ट करते हैं लोकल ब्लड फ्लो अच्छा इससे पहले कि हम अब एक एक करके इनके पीछे जाए एक्यूट यानी लोकल में एक्यूट लॉन्ग टर्म और फिर आ, आप बात करें आ, इसकी सीएनएस और हार्मोनल की दो हमने थ्यूरीज आप इसको ये मैं बच्चों से बात कर रहा था आप इस, ये समझ लें कि ये टेक्नोलॉजी है टेक है आ, हम इस लेक्चर कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो एक फ़ोन यूज़ हो रहा है और इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है यूट्यूब का वो यूज़ हो रहा है जी हम वे हॉर्मोन्स जब पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में तब हम बात करेंगे कि कुछ वेज़ो कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ वेज़ो डायलेशन करते हैं इसी बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं तो मैं बात ही कर रहा था कि हम आ, दो थ्यूरीज़ अभी कवर कर लेंगे फटाफट इस पे सवाल आ जाता होता है ये काफ़ी मशहूर थ्यूरीज हैं ठीक है और ये थ्यूरीज़ बेसिकली आप इनको ऐसे समझ लें ये थ्यूरीज़ हैं या ये टेक्नोलॉजी है ये वो तरीक़ वारदात है जो के एक्यूट और लॉन्ग टर्म के पीछे छुपी हुई है यानी लॉन्ग ये जो मैकेनिज्म हैं वेलकम बैक ये इनको यूज करते हैं या इनके ही कजंस को या भाइयों को यूज करते हैं आगे पीछे करके ये बात समझ में आ रही है ये बस जब बात में एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी अभी बात सुन लो दो थ्योरीज क्या हैं एक है वेजो डायरेटर थ्योरी वेजो डायरेटर थ्योरी और दूसरा है ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी ठीक है एक इसकी एक कज़न है मेटाबॉलिक थ्योरी भी इसको कहते हैं ठीक है मैं भी एक्सप्लेन करता हूं आपको सारी बात समझ में आ जाएगी ना वेजोडाइलेटर थ्योरी जो है वो ये कहती है जनाब अली के जब एक मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है टिश्यू है वो जब मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें एज बाय प्रोडक्ट्स रिलीज करता है जो बाय देयर नेचर वेजोडाइलेटरी होते हैं अब ए डी पी का एडेनोसिन जो है वो ए टी पी का एक बाय प्रोडक्ट है ए टी पी आप जानते हैं किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है और वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो ए टी पी जब टूटता है एनर्जी के लिए अब जरा कौन तोड़ेगा उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू तोड़ेगा ना उसको उसको एनर्जी चाहिए राइट तो जब वो टूटेगा माइटोकांड्रिया में तो धड़ाधड़ ए डी पी बनना शुरू हो जाएंगे ए डी पी जब बनेगा तो उससे ब्रेक अवे होगी एडेनोसिन अब एडीनोसिन जो अब ये आप कुदरत देखिए क्या शाकार है ये मामले का कि एडीनोसिन जब सेल में थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है तो वो बाहर की तरफ रिलीज कर दी जाती है ये बार रिलीज हो रही होती है एडिनोसिन का बढ़ना वेसल्स के लिए एक सिग्नल होता है कि वेजोटाइलेट हो क्या शानदार कुदरत क्योंकि एडीनोसिन के बढ़ने का क्या क्या मामला है अब देखो जो वेसल है बाहर पड़ा हुआ उसे क्या पता कि सेल के अंदर क्या हो रहा है इनका दिमाग थोड़ी होता है ये तो ट्यूबें होती हैं सेल का दिमाग थोड़ी होता है सेल सेल होता है अंधा होता है अंधा है सेल अंधा है ना सुन सकता है ना कुछ कर सकता है सेल कैसे पता आएगा वैसेल को कि भाई डायलेट हो जा मुझे ब्लड की ज़्यादा जरूरत है क्यों क्योंकि मुझे ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत है मुझे सबस्ट्रेट की ज़्यादा जरूरत है और ये जो फजला मैं बना रहा हूँ बैठा हुआ मुझे इसकी रिमूवल की भी जरूरत है ये सेल कैसे कन्वे करेगा वेसल को ऐसे करेगा बाय रिलीजिंग केमिकल्स एस बाय प्रोडक्ट उनको नथी कर दिया जाता है वेसल की के साथ। वेलकम बैक यह तो अब उसकी कुदरत है कि एक बाय प्रोडक्ट एक फजूल सी चीज खैर फजूल एडीनोसिन तो नहीं होती वो तो दोबारा कपल हो जाती है लेकिन पॉइंट है कहने का कि वो उसको उस एडीनोसिन को लिंक कर दिया गया है सेंसिटिव टू इज लेकिन जैसे ही वो टिश्यू में बनती है उसका भी वेजोडायटरी एक्शन होता है जितनी ज्यादा बनेगी उतनी ज्यादा वेजो डायशन करेगी भाई ज्यादा बनेगी आप स्रा, इस तरह सकते हैं ज्यादा बनेगी तो ज्यादा ब्लड चाहिए होगा इसको रिमूव कराने के लिए तो ये अपनी मदद आपके तहत वेजोडाशन करा देती है फिर इसी तरह हिस्टोमीन है पोटासियम आइन्स हैं और हाइड्रोजन है आइन्स इनका भी यही मामला होता है कि ये मेटाबोलिकली एक्टिव जो टिश्यूज होते हैं उनमें ये रिलीज हो रहे होते हैं और आ, आ, आ, ये वेजोडाट्री होते हैं ये तो हो गया वेजोडाइलेट्री थ्योरी ये यहां तक ठीक है अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी की ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी जो है वो क्या चीज है वो भी इसका एक वेरिएंट ही समझो ऑक्सीजन डिमांड है कि जी जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है जो सेल है अगर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाए यानी अभी वो रेस्टिंग उस पर फेज पे है तो उसको ब्लड भी एक नॉर्मल अमाउंट में मिल रहा है जिसमें एक लगी बंदी ऑक्सीजन का जो तरसील है वो उसको की जा रही है ऐसा ही अब हमने इसको मेटाबोलिकली एक्टिव इसकी एक्टिविटी बढ़ा दी जब उसकी मेटाबोलिक एक्टिविटी आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है ऑक्सीजन जो डिमांड है नेचुरली वो भी बढ़ जाती है जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है वो भी वेजोटाइलेशन कराती है सो so, स्टिमुलेजोटाइलेशन का ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी के मुताबिक डेफिशंसी ऑफ ऑक्सीजन या हाइपॉक्सी ये दो थ्योरीज हो। कर लो कोई सवाल करने हैं तो कर आगे इनका यूज आना है तो सवाल बेशक अभी कर लो तो बेहतर हो गया ठीक है बैक अच्छा ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी अगेन कह सकते हैं फीडबैक तो कोई भी चीज हो सकती है सही है जी दोनों चीजें मेटाबॉलिज्म से लिंक है बिल्कुल मेटाबॉलिक थ्योरी भी एक लव्स है वो भी आप जहन में रख लें लेकिन बात ही होती है कॉन्सेप्ट समझे आना चाहिए मैं आपको दोबारा से ना रिकैप कर देता हूं उसको बच्ची को वो भी समझ में आ जाएगा जिसने कहा था ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी दोबारा करा दें वेजोडालेटरी थ्योरी में एडिनोसिन कार्बन डाइऑक्साइड हिस्टमिन पोटासियम हाइड्रोजन का जिक्र है कि ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं ये प्रोड्यूस ज्यादा हो जाते हैं इनकी ज्यादती की वजह से वेजो हो जाती यस yes? ये है वेजोडाइलेट्री थ्यूरी ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी क्या है कि ऑक्सीजन की डेफिशंसी की वजह से वेजोडाइलेशन उधर उन केमिकल्स की ज्यादा की वजह से विजिटलेशन होती है इधर ऑक्सीजन की कमी की वजह से विजिटा होता है ये फर्क है। क्यों बेटे सवाल किया था समझ आ गई बात जिस बच्चे ने सवाल किया था ऑक्सीजन डिमांड का उसको समझ आगे नहीं वो किस, किसी बेटी ने किया था मेरे ख्याल सादिया ने ठीक ओके एक्यूट मैकेजम्स ओके अब एक्यूट मैकेनिज्म में हम तीन चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी उस वीडियो में देख ली होंगी तीन चीज़ें ऑटो रेगुलेशन है एक्टिव और रिएक्टिव हाइपरीमिया जी बेटे अहमर कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है ये मिलेक्यूलर मैकेनिज्म हैं बिल्कुल पढ़ना चाहो तो पढ़ लो वैसे ही इतनी डिटेल में यूजली नहीं आता होता आ, लेकिन बिल्कुल कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है या ब्लॉक होगा या कंट्रैक्शन एक्यूट मैकेनिज्म में तीन चीजें हैं। एक्टिव मैं मोटी-मोटी बातें अभी बता जाता हूं। फिर हम थोड़ी सी डिटेल अपने ब्लड फ्लो को मैनेज कर सकता है उसको कोई को एक एक्सटर्नल्थ की है किडनी अपना ब्लड फ्लो कमाल की हद तक रेगुलेट कर सकती है जाए बाहर तूफान चल रहा हो बाहर क्या और तूफान क्या बाहर जो मेन आर्टरीज़ हैं उनमें ब्लड प्रेशर की सर्कुलेट वेलकम बैक वेरिएशन की बात कर रहा था ब्लड प्रेशर में 80 से 180 तक चली जाए बाहर का ब्लड प्रेशर चेंज हो जाए लेकिन किडनी के वेसल्स कमाल की हद तक अपने फ्लो को रेगुलेट करते हैं दरमियान में रखते हैं हालांकि बाहर इतनी ज़्यादा वेरिएशन हो रही है ब्लड प्रेशर ठीक है ना अगर आपको तो जहन में होगा ना कभी प्रेशर बढ़ाएंगे तो फ्लो बढ़ना चाहिए जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए लेकिन अगर किडनी है वो बढ़ने नहीं देगी ठीक है ये बात करते हैं एक्टिव हाइपरीमिया एक्टिव हाइपरीमिया सिंपल ये है कि भाई अगर एक टिशू को मेटाबोलिकली एक्टिव वही बात दोबारा बाद में ये रिपीट होगी मेटाबोलिकली एक्टिव है तो वो वेजोडाइलेशन करा के अपना ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर लेगा इस मैकेनिज़म को एक्टिव हाइपरीमिया कहते हैं ठीक है। ओके। रिएक्टिव हाइपोरी क्या होता है रिएक्टिव हाइपोरी में सिर्फ ये होता है कि अगर कहीं बंदिश हो गई है आप ये हाथ को दबाए दबा के रखें तो ये ये वाला हाथ जो है ना ये मैंने रिस्क से दबाया है। ये वाला हाथ ठंडा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसको ब्लड फ्लो कम हो जाएगा अब इसको आपने अचानक छोड़ देना ऐसे करके तो अचानक क्या होगा कि इसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा और फौरन आएगा और वो सारा इसको रिएक्टिव हाइपोरीमिया कहते हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल की कर लेते हैं जैसे मैं आप मैंने आपसे कहा ऑटोरेगुलेशन यह है कि ऑर्गन के अंदर ही ऐसे मैके मौजूद हैं कि जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है ब्रेन इसकी ब्रेन भी एग्जाम्पल है किडनी इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हार्ट है स्कैल्टल मसल है तो इन सारे मसल इन सारे ऑर्गन में बहुत सोफिस्टिकेटेड निजाम मौजूद होते हैं अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए मैंने एक ग्राफ दिया हुआ है उसको देख लेना जो रेड रेड कर्व है वो एक्यूट की है और आपको थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें कि एक्स एक्सिस पे ए, मीन आर्टीरियल प्रेशर है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ब्लड फ्लो है तो अगर आप इसको सामने रखते हुए इस ग्राफ को देखें तो एक्यूट मैकेनिज़म की आपको जो शॉर्ट टर्म नेचर है उसका अंदाज़ा हो जाएगा इस इन कलमात के साथ आप जब दोबारा इस लेक्चर के, के बाद देखेंगे तो आपको समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ और लॉन्ग टर्म मैकेजम्स की आपको देरपा होने का इस ग्राफ से बड़ा क्लियर आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई भाई लॉन्ग टर्म जो है वो देरपा होते हैं ग्राफ को देखते ही समझ आ जाएगा आपने बस गौर करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे थैंक यू वाई एक्सिस पे ठीक है ऑटो रेगुलेशन हो गई अब ऑटो रेगुलेशन कैसे होती है मैं अब आपको एक चीज बता देता हूँ मेटाबॉलिक थ्यूरी में वो दोनों चीजें आ जाती हैं ऑक्सीजन डिमांड और अल्लाह आपका भला करे करेट्री थी ठीक है मायोजेनिक थ्यूरी क्या है अब मैं आपको अभी अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह ये एक्सप्लेनेशन हो रही है किसकी ऑटोरेग्युलेन आप किडनी के अंदरूनी एक वेसल में तश्रीफ फरमाए हम वैसल में हम बैठते बहुत हैं हम जब हार्ट पड़ रहे थे हार्ट के अंदर बैठ जा करते थे वैसल्स के सर्कुलेशन कर रहे हैं वैसल्स के अंदर बैठ जाते हैं ठीक है ना हमारी मर्जी हम आराम से जहाँ चाहे बैठें कोरोना जो हुआ हुआ, हुआ है खैर आप किडनी के अंदर एक वैसल में जाके बैठ गए थोड़ी देर के बाद आपको शोर की आवाज आई आपने पूछा भाई ये शोर किस चीज का मालूम हुआ कि भाई जो बाहर डिसेंडिंग एयोटा है जिसमें से रीनल आर्ट्री की ब्रांच आ रही है वहां पर एक तूफान आया हुआ है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है अब आप भी हिलना शुरू हो जाएंगे कि यार अगर वो प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मैं तो छोटी सी एक वैसल में बैठा हुआ हूँ किडनी के अंदर इसने तो उड़ उड़ा जाना है तो आपका दोस्त आपको कहता है फिकर ना करें मायोजेनिक मैकेनिज्म है ना ये हमने एडवर्टिजमेंट नहीं बना दिया मायोजेनिक मैकेजम का क्या होता क्या ये जो प्रेशर पीछे से आ रहा होता है ना सिंपली सिंपल सी बात ये जो प्रेशर पीछे से आ रहा होता है ये अचानक जब झटका मारता है वैसल को तो उसके स्मूथ मसल अचानक खिंचते हैं ये बात उनको पसंद नहीं आती और मजे की बात है जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा एक ऐसे पॉइंट पे जो मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया मैं वो बोलूँगा नहीं ये एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी किया जा चुका है इन वन ऑफ द लेक्चर्स बार जब अचानक खिंच पड़ती है स्मूद मसल्स पर तो वो क्या करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अब इस चीज का एक नाम है मैं वेट कर रहा हूं कि कोई बच्चा उस जल्दी से बता दे उसका वरना फिर मैं आपको थोड़ा सा तंग करूंगा नहीं तंग करूं बीएसएन वाले बच्चों ने बताया था नहीं क्या है सर नहीं उन्होंने बताया था नलायकों अच्छा बात बात ये है ये मैं इसलिए भी तंग करता हूं कि देखो मुसलमान का वेलकम बैक हाँ अरीज जज्बाती हो गए गुड गुड बेस्कलायंस में है यही है कि जब खिंच पड़ती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता वेरी गुड अरीज शाबाश बहुत स्टूडेंट वाली बात मैं पूरी कर दू स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ जो है ना और कोई कंपटीशन नहीं लुक्स का नहीं कपड़ों का नहीं पैसे का तो बिल्कुल नहीं वगैरह का, का, है। है? तो काम फंक्शन कर रही होती है किसी और क्लास से मैं बाकायदा बच्चों को बताता हूं कि वो तुमसे ज्यादा लायक है वो ज्यादा जवाब देते हैं ताकि इनको भी एक तरगीब मिले भाई नए का माल की तरकीब मिले ज्यादा पढ़ने की तरकीब मिले ठीक है तो जब आप रीनल आर्टरी के अंदर होते हैं आती है आवाज अच्छी बात है बेटे मुझे भी आवाज आती है अलहमदल मेरे कान ठीक है। मैं ख्याल बहुत पुराना मैसेज है वो फॉरवर्ड हुआ है। क्या कह रहा तुम्हें आप अंदर बैठे हुए थे तो जैसे ही बाहर का परफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज होगा सडनली जो रीनल वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे और इसको रोकेंगे इधर ही इस प्रेशर को अंदर नहीं आने देंगे इस प्रेशर के साथ ज़ाहिर फ्लो भी ज्यादा अंदर आएगा ना जब फ्लो अंदर ज्यादा तो अंदर के जो रीनल अंदर का आर्किटेक्चर है किडनी का जो वेस्कुलर आर्किटेक्चर है वो बड़ा नाजुक है बहुत पतले पतले वेसल्स होते हैं बड़ा बारीक काम हो रहा होता है अंदर वहां पर अगर आपने एक सुनामी लिया है आप तो उनके लिए तो वो, वो लिटरली टूट जाते हैं वेसल्स तो इसलिए उनको शुरू में ही कंस्ट्रक्ट करके उधर ही सारा प्रेशर बर्दाश्त कर लिया जाता है ताकि आगे उसकी तरसील न हो इसे कहते हैं मायोजेज सही में आ गई बात ये मायोजेनिक मैकेनिज्म और ये इतना काफ़ी है ऑटो तो रेगुलेशन के लिए इतना काफ़ी है आपके आगे चलते हैं एक्टिव हाइपरिमिया हमने कर लिया है ब्लड फ्लो टू तो एन ऑर्गन प्रोपोर्शनल टू तो इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें वही वाली बातें हो रही हैं बेजो डायलिट थ्यूरी डिमांड थ्योरी वगैरह वगैरह ठीक है तो एक्टिव हाइपरिमिया इज एक्चुअली अ टर्म टू एक्सप्लेन फिना विच यूज दो टेक्नोलॉजी जो हमने दो थ्योरीज हमने पढ़ ली इसके बाद बेटे कौन सा लेक्चर है इसके बाद कौन सा लेक्चर गाइस? ओके ओके ऑल राइट बैठे ग्यारह बजे शुरू होता है बेटे पूरे मेरा दस बजे शुरू होता है वैसे हैं जी तो पंद्रह मिनट तो मेरे से तो उस वक्त हो गए बहरल चलो उसको रैपअप करते हैं जो रिएक्टिव हाइपरिमिया डॉक्टर जंगी मैंने ना तुम जहां भी हो मैंने उधर आगे तुम्हारे शाम बनानी है एक मिनट भी लेट नहीं हाँ जी नहीं मैं फिर पैथोलॉजी से ना पंद्रह मिनट लेने हैं मैंने आप मुझे तुम लोगों ने गुस्सा चढ़ा दिया मेरे 15 मिनट ज़्याया हुआ अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो रिएक्टिव हाइपरिमिया में मैंने आपको समझा दिया था कि जब एक ब्लॉकेट हो जाती है तो ब्लॉकेट के बाद ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है ठीक है जब वो डिक्रीज हो जाता है तो ऑक्सीजन की जो आ, अच्छा मैम विल नॉट स्पेयर हैं ये बाप ही होता है बेटे हाँ जी जो बेचारा सेक्रीफाइसें करता है नहीं खैर माए माओ का तो क्या बात पहले हदीस में तीन दर्जों में तो माफ़ फाइज है फिर जाके बेचारेगा बाप का नाम आता है लेकिन चलो जाओ माफ़ किया क्या याद करोगे ठहर जाओ अभी है वक्त थोड़ा सा मेरा मैं एग्जैक्टली 11:55 पे 10:55 पे छोड़ दूंगा आपको पहले अटेंडेंस करके आपको छोड़ दूँ रिएक्टिव हाइपरीमिया कर लेते हैं ब्लॉकेट के बाद क्योंकि डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो ऑक्सीजन की तरसील भी कम हो जाती है तो सेल्स क्योंकि जिंदा हैं और वो उनका मेटाबॉलिज्म तो चल ही रहा है वो क्या करते हैं वो दाएं दाए बाएं से अपने आप को मैनेज करते हैं उधार सुधार ले लेके अपने आप को मैनेज करते हैं मायोग्लोबिन होती है ये होता है वो होता है लेकिन वही बात है कि वो उधार लेते हैं आप ऑक्सीजन डेट में चले जाते हैं वो वाले सेल्स जो ब्लॉकेट के बाद पड़े हुए होते हैं अब जैसी ब्लॉकेट रिलीज होती है वो बंदिश रिलीज होती है ब्लड को फॉरन तस्ो करता है क्योंकि वो जो ऑक्सीजन डेट में सेल्स बैठे हुए हैं ब्लॉकेट के बाद वाले सेल्स वो कहते हैं जल्दी आओ फॉरन विजिटाइलेशन करो फॉरन आओ और हमारे डेट पूरे करो तो जब आप इस बाजू को ऐसे करके मिसाल के तौर तो पर जोर से पकड़ें जोर से पकड़ें तो ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा इसको ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ये ऑक्सीजन डेट में चला जाएगा तो जैसे जब आप इसको छोड़ेंगे तो अब आराम से नहीं ब्लड फ्लो करेगा आपको लिटरली फील होगा कि ब्लड फ्लो कर रहा है जोर से फ्लो कर रहा है जो नॉर्मली फील नहीं होता ये जो क्विक वेजोटाइलेशन है ये है रिएक्टिव हाइपरिन इसको फौर इनक्रीज किया जाता है ताकि यहाँ में जो मामला हैं जो आपने ब्लॉक की वजह से जो आ, मामलात हुए थे ऑक्सीजन के कमी वगैरह जो भी है उसको पूरा किया जा सके और जो आ, एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स बनी थी एक्स्ट्रा बन गई थी उसको निकाल दिया जाए यू है मुबारक हो बेटा। लॉन्ग टर्म फिर हम कल करेंगे ठीक है प्लीज़ कल टाइम पे आ जाना नौ बजे का टाइम है तो बी ऑन टाइम ठीक है इस वक्त मेरी घड़ी में टेन हो रहे हैं अटेंडेंस लगाने सीआर सीआर uh, का है हो गया बेटे सबमिट हो गया बच्चों अटेंडेंस हो गई बच्चों मैसेजेस नहीं आ रहे आप मुझे या तो टेक्स्ट करें कोई बच्चा मुझे कि अटेंडेंस हो गई तो फिर हम इसको डिसकंटिन्यू करें ओके थैंक यू सी यू टूमोरो सलामकुम